तो और मेरी जिक्र के चलो क्या हाल चाल से नए ब्लॉग में तो भाई फिलहाल तो अपना स्टूडियो का पीछे का बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं देखते हैं कलर कौन सा मस्त लगता है लेकिन भाई इधर अपन लेके आ चुके हैं समान थोड़ा बहुत जैसे अपन कलर चेंज करेगा पीछे बैकग्राउंड का और यहाँ पे ब्लैक वाइलेट है और यहाँ पे सब कुछ पुरानी प्रसिद्ध है जो अभी हमें काम आने वाली है नए स्टूडियो का और यहाँ पे अपना मेन चीज इस्ट इसको अपन वॉल पे पेंट दिला और ये जो वाइट छोटा मोटा दिख रहा इससे हम पीछे का मतलब कुछ डिजाइन बनाएंगे और यहाँ पे एक मास्किंग टेप इसका बहुत बड़ा भूमिका रहने वाला अपने वीडियो में तो अभी फिलहाल इस सब सामान को जो दिख रहा है आपको इसको भी ढकना पड़ेगा क्योंकि भाई मतलब जो पीछे का पेंट वेंट है वो पेंट वेंट चेंज करने के लिए थोड़ा वक्त ये पे इधर के अंदर ये काम आएगा पीछे का दिवाली है बाद में था कि हम पेंट कोई बढ़िया मार सके तो अभी फिलहाल इसको सब हटाते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं तो मिलते हैं आपको इसे बहुत हटाने के बाद la buquera calvo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 देख सकते हो चुकी है और भाई ये थोड़ा बहुत मरा चुका भाई पेंट बनाने में मैंने गलती कर दिया थोड़ा पेंट मतलब ये देखो एकदम पानी थोड़ा इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है भाई फाइनल देखने जल्दी क्योंकि भाई थोड़ा वाली है अभी ये मिलते हैं पेंट करने के बाद आपसे तो फाइनली इतना टाइम बाद अपनी जो वॉल का पेंटिंग थे वो भाई खत्म हो चुकी है और भाई कसम जो बता रहा हूँ इतना कचरा हुआ है बता नहीं सकता भाई बहुत एकदम मतलब खतरनाक बहुत खतरनाक भाई ना मालूम हो तो आप देख सकते हो इधर भाई बहुत कचड़ा हो गया है कसम जो बता रहा हूँ भाई इतना कचड़ा लाइन में मैंने पहले अपने कभी नहीं देखा भाई कचरा एक बार देख लो थोड़ा सा तो भाई सब देख सकते हो कितना कचरा हो गया यार और भाई जो वॉल की पेंडिंग थी उसकी पूरी तरह से वोट लग चुकी है भाई देख सकते हो लेकिन भाई व्हाट अपन तो मल्टी टैलेंटेड है वाई इसलिए कुछ कर सकते हैं भाई इसके वजह से मैंने इधर कुछ टेक्चर निकाल दिया दे भाई देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ऐसे लाइने दिख रही होगी भाई इधर मैंने मास्किंग टेप का यूज़ करके भाई ये मास्किंग टेप इसका यूज़ करके मैंने कुछ इधर ऐसे डिजाइन बना के इधर के और ये अपना पेंट है भाई तो भी पेंट खत्म हो चुकेगा भी पेंट लेके के आऊँगा उसके बाद से भाई इस पर पे पेंट भाई कमाल की होगी पेंट भाई फुल खतरनाक वॉल लगेगा यार भाई इसको ढकने के बाद और भाई यहाँ पे अपना जो पीछे पुराना वाला लोगों था उसको मैंने ढक के इधर नया नई नया एचटीसी का लोग बनाया भाई आई जानता हो कि इसका भी कलर थोड़ा डल है लेकिन भाई कलर लेके आऊँगा तो उसके बाद से हो जाएगा कलर और भाई इधर की बॉल देख सकते मतलब कि जब स्ट्रीम करता था मैं तो भाई ये साइड की वॉल ऐसे दिखती थी तो अभी नहीं दिखती गई और जो अपना ग्रीन स्क्रीन है ये क्या कम करने का उधर सिस्टम ढकने के काम और भाई मतलब कचड़ा देख सकते यार ओ भाई साफ अब भाई बे भाई साफ़ पानी वानी सब गिर गया यार ये स्टूडियो का एक बार हाल देख लो भाई मतलब फुल नशे करके बैठा हु भाई ये देख सकते हो अभी मेरे को इससे ऐसा मालूम क्या ऐसा ऐसा साफ करना पड़ेगा भाई सो ही जाएगा ये भाई फिर खतरनाक है यार भाई आई थिंक आज अपना स्टूडियो का काम खत्म हो जाएगा भाई अगर अगर वीडियो आज पड़ जाएगी तो फिर सही है नहीं तो फिर कल आपके वीडियो देख सकते हो भाई ये देख सकते हो भाई ये घर से जो बाल्टी लेके आया था भाई उसमें अभी तक तो वैसे ही कलर है घर पे बहुत कल करने वाली है भाई साहब छुट्टी नहीं रहा होगा भाई हाँ छुट रहा है छुट रहा है फाइनली छुट रहा है भाई मेरे को लगा था आज गेम है तो भाई सब अभी इसकी सफाई का काम चल रही है अभी इसको साफ करते हैं उसके बाद से भाई देखेंगे क्या होगा और भाई सा सो गाइस नाउ टुडे आई वांट टू शो यू सम मैजिक सो नाउ रेडी टू गेट इट हां सो नाउ गाइस गेट स्टार्ट एट तो गैस बिजली बोलूँ तो क्या करेंगे मालूम क्या अभी अपन जो ये जो अपना थोड़ा कुछ छोटा मोटा स्टूडियो का काम में मैं इसको भी मैं कंप्लीट करता हूँ बेट तो फाइनली अटैच हो चुका है एंड दैन नाउ रेडी बूट नाउ वन बूट भाई साहब मतलब कतई है देख सकते हो भाई और भाई साहब अपना हाल देख सकते हो क्या है भाई कब क्या ही बताया जाए पेंटर मल्टी टैलेंटेड बंदा हो तो कुछ भी कर सकता यार पेंटर डायरेक्टर आक्टर क्या क्या मालूम क्या मालूम नहीं पता किया गया भाई सब अंसर था वो और भाई ये जो पीछे का लाइट था भाई उस लाइट को भी मैंने उखाड़ के रख दिया भाई लाइट लगाऊंगा बहुत जल्दी लगाऊंगा लेकिन भाई इस अब अभी के लिए इतना ही भाई मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर हैं भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब मारो यार क्या कर रहे हो भाई लोग तो लाइक का बटन भी दबा देना तोड़ डालना फोड़ डालना मेरे को मालूम नहीं और भाई वीडियो बैकग्राउंड भी तैयार हो जाएगा तो भाई इस पर रील्स बनाएंगे यार और इस स्ट्रीम करेंगे भाई